तो स्वागत है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू जीरो सेवन यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के बारे में जो कल प्रश्न रह गए थे उन्हें पढ़ते हैं प्रश्न उनचालीस किस राजपूत मनसफदार को फर्जन की उपाधि दी थी फर्जन का मतलब पुत्र होता है जो मानसिंह को दी थी चालीसवा प्रश्न राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में इसका उत्तर है सिल्ली जो सर्दियों में हवा चलती है, उन्हें कहते है। की युक्त राज उन्हें क्या कहते हैं उन्हें पान कहते हैं। प्रश्न सिरोई राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था इसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे किसके काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल माना जाता है अजयराज के काल को चौहानों का साम्राज्य का निर्माण माने, निर्माता माना जाता है लालनाथी चौकनाथ जी सवाईदास जी की संप्रदाय से संबंधित है जस नाथ जी संप्रदाय से संबंधित है राजस्थान के किस जगह पर महावीर जी का मंदिर बना हुआ है जो ओसिया जोधपुर में बना हुआ है सैतालीसवा प्रश्न दाऊदी बोहराज संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है जो है जो डूंगरपुर जिले में आता है राजस्थान का नागपुर किस शहर को कहा जाता है राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है तोरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है तोरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा है सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान का कौन सा है पाली जिला जो अन्य राज्यों के जिलों को स्पर्श करता है। संत किसके में में। राजस्थान का प्रमाणित किया था? चौहान के सोम कला कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ किन किन जिलों को प्राप्त होता है उदयपुर और डूंगरपुर को इसका लाभ होता है आमिर के कछवा वंश अपने आपको किस वंश का का वंशज वंशज मानते मानते हैं? कुछ काम के पुत्र कुछ का वंशज मानते हैं। प्रश्न। कंटी कंकड़ क्या राजस्थान के ये आभूषण छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हैं तो विवश करने वाला शासक कौन था मिर्जा राजा जयसिंह जो राजस्थान जयपुर कसवार राजवंश का राजा था प्रश्न छप्पन लकड़ी का न, कासीदार फर्नीचर राजस्थान के किस शहर में बनता है बाड़मेर में बनता है अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था सर टॉमस अंग, अंग्रेज अधिकारी था जो अजमेर में सर्वप्रथम आया था लालगिरी ने किस संप्रदाय की, की स्थापना की थी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना कीश्न ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका कहाँ पर स्थापित हुई आबू सिरो में स्थापित हुई सौदीपों का शहर किसे कहते हैं शहर बांसवाड़ा को कहते हैं इकसठ सा इक प्रश्न दादूदयाल जी किसके गुरु थे दादूदयाल जी बालिंद जी के गुरु थे बासठवा प्रश्न अठारह के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे तत्कालीन महाराजा प्रश्न राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है चौसठवा प्रश्न तीर कमान निर्माण करने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध स्थान प्रसिद्ध है, है। चंदूजी का घड़ा तथा बोडीगामा गा ये प्रसिद्ध स्थान है पैंसठवा प्रश्न राजस्थान के चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक किस का उत्पादन किया जाता है किसका उत्पादन किया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक चित्तौड़ में अफेम का उत्पादन किया जाता है छियाठवा प्रश्न राजस्थान में बाड़ विलेज के नाम से मशहूर है मेनार उदयपुर जो बाड़ विलेज के नाम से मशहूर है राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक भागित है लगभग सात से नौ भाग जो वन के लिए आरक्षित है अड़सठ प्रश्न जाहरपीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है गोगा जी को जहरपीर जा या जहरपीर के नाम से जाना जाता है गेप सागर झील के किस जिले में स्थित है सागर झील किस जिले में स्थित है जो डोंगरपुर में स्थित है सितर प्रश्न सितरवा कायलाना झील का निर्माण किसने और कहा करवाया था कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने जोधपुर में कराया था राजस्थानी संस्कृति में जानाटोन क्या है वन पक्ष वक् की ओर से दिया जाने वाला भोजन जो जानो जानोटन कहा जाता है। पीठ की समुदाय से संबंधित है लाल दास जी संप्रदाय से संबंधित है त्यौहत्तरवा प्रश्न कच कच्चाऊ कौन सी जनजाति की महिला बहन थी है कचाऊ भील जनजाति की महिला पहनती है प्रश्न चिंबर मिट्टी का किस मिट्टी का किला राजस्थान के किस जिले में है भरतपुर में मिट्टी का किला बना हुआ है। प्रश्न पिछहत्तरवा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे संत हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक चौहत्तरवा प्रश्न राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था राजस्थान में संभागीय को सन बासठ में समाप्त किया गया था राजस्थानी संस्कृति में क्या है नवबद्यु के साथ जाने वाली जो स्त्रियां होते हैं उन्हें अड़िंदी या ओलंदी कहा जाता है इटोत्तरवा प्रश्न सामान्यत राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है तो पांच जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है राजस्थान को सीवा प्रश्न बल्लाया आभूषण कहाँ पहना जाता है बलाय आभूषण हाथों में पहना जाता है अस्सीवा प्रश्न अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है जिला माता को लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है इग्रसीवा प्रश्न राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा अन्न या गेहूँ की खेती होती है और सबसे ज़्यादा पैदावार भी वहीं होती है जो गंगानगर है आज की क्लास यही समाप्त करते हैं प्रश्न समाप्त हो गए तो मिलते नई वीडियो में तब तक के लिए लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद